जाम के प्यालों को मकानों में टकराने दो चढ़ते हुए नशे को आज हदों से आगे बढ़ जाने दो आज हदों से आगे बढ़ जाने दो